हेलो दोस्तों गरुड़ पुराण चैनल में आप सबका स्वागत है तुम्हें बे माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सका तुम्हें विद्या धर्मम तुम्हें तुम्हें देव गुरु गरुड़ भगवान गरुड़ चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत है आज दोस्तों देखिए 40 से लेकर 50 तक इस लोग के अर्थ पढ़कर सुनाएंगे गरुड़ पुराण चैनल गरुड़ पुराण में आज आपको अच्छा समझाएंगे जो अनाथ होकर भी कृपा नहीं करते हैं वह सत पुरुष से दोस करते हैं निरपराध दंड देते हैं वे नरक के गामी होते हैं आशा लगाकर कर पर आए हुए ब्राह्मण याचकों को और पाक सम्मान भोजन बने रहने पर भी जो मनुष्य नहीं कराते हैं वो निश्चय ही निश्चयी नरक प्राप्त करने वाले होते हैं जो स्वामी प्राणियों में विश्वास नहीं करते वो उन पर दया नहीं करते जो सब प्राणियों में कुटिलता व्यवहार करते हैं और कुटिलता माने जो बुरा व्यवहार करते हैं मधुर प्राणी से नहीं बोलते हैं उसे कुटिलता कहते हैं निश्चय ही नरक के नरक जो नरक होता है वो उसके नरक के कामी होते हैं और जो आज जिते पुरुष ने मुको स्वीकार करके बाद में त्याग देते हैं। में नरक के कामी होते हैं इसलिए आशा नष्ट करते हैं जो दूसरों की आशा होती है हमें शुभ काम करना है हमें देश के प्रति मरना है तो ऐसी ही नहीं सोचते हैं और सिवाय अपना सोचते हैं वो ही नरक में जाते हैं इसलिए विवाह के भंग करने कराने वाला देव यात्री विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला गो नरक में बास करता है बाई नि होता है वहाँ लाभ नहीं होता वहाँ शुभ नहीं होता तो दोस्तों आज गरुड़ पाठ चैनल में आपको हमारा तरीका पढ़ने का अच्छा लगो तो लाइक करें मेरे चैनल को ज्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों ये कमेंट में जरूर लिखते रहिए अच्छा लगो समझ में आता हो तो नहीं समझ में आता ताकि आपको और मत से अच्छा कर समझा कर ले कल आगे दोस्तों ये क्या मसले के साठ दुए पढ़ कर सुनाए बोलो गरुड़ भगवान भगवान के